हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग यानी कि घर बैठे पैसे कमाने के तरीके से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल उम्रा डिजिटल को मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज इस चैनल पर लाता रहता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक साइट के बारे में जी हाँ दोस्तों उस साइट का नाम है आपने शायद पहले सुना भी होगा उस साइट का नाम है सिंपली हाइड को डॉट जी हाँ दोस्तों सिम्पली को डॉट जिस पर जा कर के आप आसानी से टाइपिंग करके घर बैठे महीनों के हजारों रुपये लाखों रुपये आप कमा सकते हैं दोस्तों ये साइट दुनिया की जानी मानी साइट है दोस्तों ये एक ऐसी साइट है जिसमें आप दुनिया के किसी भी कंट्री में मन मुताबिक काम कर सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहें इंडिया में बैठ के तो भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर बैठे अमेरिका के किसी कंपनी में काम करें तो वहाँ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस कंट्री को जैसे कि अमेरिका को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां पे आप अमेरिका सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर सकते हैं उस सेलेक्ट किए हुए कंट्री के अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो उस कंपनी को सेलेक्ट करके आप उस कंपनी में एज अ लोको डिजाइनर एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर एज अ ग्राफिक डिजाइनर एज अ ट्रांसलेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं दोस्तों इसी तरीके से अगर आप किसी और अदर कंट्री में काम करना चाहते हैं एज अ डिज़ाइनर एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसा कि मैंने आपको बताया एज अ ट्रांसलेटर के रूप में तो आप उस कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस कंट्री में काम करने के लिए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस साइट पर और उसके बाद इस पर्टिकुलर साइट पर जा के आप इसमें जॉब कर सकते हैं दोस्तों इस साइट में इंटरेस्टिंग ये है कि ये है तो एक इंटरनेशनल साइट लेकिन इसमें आप इंडिया में बैठ के इंडिया की किसी भी कंपनी में अगर आप चाहते हैं काम करना तो इसमें आप काम कर सकते हैं दोस्तों इसमें यह नहीं है कि आप इंटरनेशनल ही आप काम करेंगे इसमें आप इंडिया की किसी भी कंपनी में अगर आप चाहते हैं घर बैठ कर के वर्क फ्रॉम होम करना तो आप कर सकते हैं इसमें इस साइट पर आपको कैसे रजिस्टर करना है आप कैसे अकाउंट बना सकते हैं इसमें अकाउंट बनाने के बाद आपको कैसे काम मिलेगा ताकि आप घर बैठे वर्क फ्राम होम करके घर बैठे पैसे कमाएँ तो ये सब मैं आपको नेक्स्ट की वीडियो में फुल डिटेल में बताऊंगा तब तक के लिए इतना ही तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में